गाइज तो वेलकम बैक टू माई शॉर्ट वीडियो तो गाइज हमने शॉप से बैग मंगाया था ट्रैवल करने के लिए उसे ब्लॉक शर्टअप रखने के तो चलो गाइज जल्दी जैसे अनबॉक्सिंग करते है तो चलो गाइज